कहे विशराय प्रतिया लगाई के कहे विसराय प्रतिया लगाई के नैया लगाई के प्रतिया लगाई के नैया लगाई के तिया लगाई के कहे भी शराय नैया लगाई है कहे भी शराय नैया नंदकियो में जाई के नंद को आनंद गोकुल में जाई के जसोद को खुश कि खुश किओ लाल कही के कहे सा लगाई के कह भी शराय नहीं नैया लगाई गे, गे। मुनिवर के यज्ञ की ओ तड़का के मार के मुनिवर के जग की ओ, खाई के कहे भी से राय लगा कहे विशराय शाम नैया लगाई के नैया लगाई के प्रतिया लगाई के नैया लगाई के प्रतिया लगाई के कहे विशराय नैया लगाई के रामन कुमारे प्रभु लंका में जाई के रामन कुमारे प्रभु लंका में जाई के विभीषण को खुश कियो विभीषण को खुश किओ राजई के कहे भी शराय नहीं आ लगाई के कहे भी के भक्तों को खुश की पर्वत पर उठाई के तो को खू कियो पर्वत उठाई के कंसे मारे प्रभु कंसे मारे प्रभु चाकू चलाई के कहीं भी चरा ैया लगाई के कहे विशराएसान नैया लगाई के नैया लगाई के प्रतिया लगाई के नैया लगाई के प्रतिया लगाई के कहे विशराए शाम नेैया लगाए के कहे विशराए नहीं लगाई के नैया लगाई के प्रीतिया लगाई के नैया लगाई के प्रीतिया लगाई के कहे विशराए प्रीतिया लगाई के कहे विशराए लगा